जिसे मै हवा लगी, लगी जिसे मै हवा लगी उसे ना कभी दुआ लगी न कभी दवा लगी तो मैं आज तो तो चैनल यूट्यूब में एक नई वीडियो के साथ के साथ, कहानी के साथ के साथ कहानी के साथ आप सबके उपस्थित हुआ हूँ तो शुरू करते हैं अपनी नई कहानी गर्मी का समय था हम सब मित्रों के साथ लस्सी पीने के लिए एक दुकान में गए का आरो देकर हम सब आराम से बैठ एक दूसरे ऐसी दरबार करने लगे आपस में लोगों के हाल पूछने लगे एक सत्तर पचहत्तर वर्ष की माता जी कुछ पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गयी उनको देखकर मन में न जाने क्या ख्याल आया, आया कि मैंने जेब से ऐसी पैसा निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए पूछ लिया माता जी पियोगी मेरी इस बात पर माता जी अचंभित हुई और मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथी ज्यादा अचम्भित हुए अगर मैं उन्हें पैसा देता तो बस कितना देता दस पाँच रूपए देता लेकिन लस्सी तो चालीस रूपए की एक गिलास है माता जी हम कुछ धीरे से भल्ले, और अपने पास जो का जमा किए छह सात रूपए ऐसी गले ऐसी मैंने दुकान वाले भैया ऐसी एक गिलास लस्सी और देने को कहा माता जी अपने पास माता जी अपने पैसे वापस मुठ्ठे में रख लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई गये मैं वहां पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको तो कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका डर था कहीं कोई रोक न दे किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत के बराबर बैठ जाने पर आपत्ति न हो लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ था मुझे काट रहे थे लस्सी ऐसी भरा गिलास हम लोगों के हाथों में आते ही मैं अपनी लस्सी का गिलास निकर, माता माताजी के पास ही जमीन पर बैठ गया मेरे ऐसा करने से किसी को कोई आपत्त नहीं हो सकती? हाँ मेरे दोस्तों ने एक बार के लिए मुझे घूर कर देखा लेकिन वो कुछ कहते उसके पहले ही दुकान वाले भैया ने आगे बढ़कर माताजी को उठाकर कर कुर्सी में बैठा दिया मेरी और मुस्कुराते हुए कहा जुड़कर साहब अब सबके हाथों में लस्सी और ओठों आरोप मुस्कुराहट थी एक माता ही थी जिनकी आँखों में लिप्टी के आंसू और ऊँटों में लस्सी के कुछ अंश साथ हाँ, थी। थी। दोस्तों न जाने गरीब, गरीब, गरीब। दस बीस ऐसी पचास खर्च करते हैं है, वो हमें बहुत ज्यादा लगने लगता है। दोस्तों एक बात और कहेंगे किसी भूखे गरीब को पैसा देने के बजाय पैसे से खाने की व्यवस्था कर देना ज्यादा उचित रहेगा जो बहुत ही काम होता है दोस्तों मेरा वीडियो लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जय हिंद